जय हिंद ये सामान्य विज्ञान का पार्ट सात है जो लोग एक से छः तक नहीं देखें हमारे चैनल पर जाकर देख लें या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियोज देख सकते हैं तो ये सामान्य विज्ञान का ये जो मॉक टेस्ट है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत यांत्रिकी जो पार्ट है उससे संबंधित सभी प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनकी आने की प्रबलता बहुत ही ज़्यादा है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न तो प्रश्न नंबर एक है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है तो इसमें नहीं है पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको आप सने विस्थापन बी है वेग सी बल या फिर डी आयतन तो पेपर पेन लेकर बैठिए आज का मॉक टेस्ट लगभग साठ सत्तर प्रश्न होने वाले हैं तो हाल करिए फिर लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कुल कितने प्रश्न सही बने तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयतन आयतन एक आदिश राशि है बाकी ऊपर की ए बी सी तीनों सदिश राशि हैं तो प्रश्न नंबर दो है निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश राशि है अब की बात सदिस राशि बतानी है ऑप्शन ए संवेक बी दाप सी ऊर्जा या फिर डी कार्य तो इसमें बताना है सदिश राशि कौन सी है तो प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवेद एक सदिश राशि है प्रश्न नंबर तीन निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है फिर से बताना है ऑप्शन ए समय बी चाल सी विस्थापन या फिर डी दूरी ये चार इकाइयां दी हैं इसमें बताना है चार राशियां दी हैं इसमें बताना है कौन सी राशि सदिश राशि है तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विस्थापन प्रश्नों की क्वालिटी बहुत अच्छी है देखिए किसी ना किसी परीक्षा में सभी प्रश्न आए हुए हैं तो प्रश्न नंबर चार है पदार्थ के संवेग जिसे मोवेंटम कहते हैं और संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है ऑप्शन ये वेग वितरण सी द्रव्यमान या फिर डी बल संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है यह बताना है तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान प्रश्न नंबर पांच हवाओं की ऊर्जा होती है हवाओं की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है हवाओं में आप सन केवल स्थिति बी केवल गतिज सी बैधुत ऊर्जा होती है या फिर डी स्थिति और गतिज दोनों होती हैं तो प्रश्न नंबर पांच का सही उत्तर होगा केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में प्रश्न नंबर छह वॉशिंग मशीन जिसे प्रक्षालन मशीन भी शुद्ध हिंदी में प्रक्षालन मशीन कहते हैं का कार्य सिद्धांत क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करती है ऑप्शन ए पर, पर, पर पर। पर बी सी उत्क्रम या फिर विसरण तो तो इसमें बताना है किस पर है? किस सिद्धांत वाशिंग मशीन कार्य करती प्रश्न नंबर सात एक ट्रेन जैसे ही चलना आरम्भ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है इसका क्या कारण है आप सन स्थिरता का जड़त्व बी गति का जड़त्व या फिर सी आघूर्ण या फिर डी द्रव्यमान का संरक्षण नियम तो ये बताना है आपको कि एक जैसे ट्रेन चलना प्रारंभ होता है तो जो यात्री होते हैं उनका सर पीछे की ओर झुक जाता है ऐसा क्यों होता है तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा आप सन स्थिरता का जड़त्व के कारण प्रश्न नंबर आठ एक ट्रक एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं यदि समान और बल लगाए जाएं, तो क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकें तो इसे कैसे लिखा जाएगा तो इसमें यही बताना है कि समान और बल लगाए जाएं, तो सबसे पहले कौन रुकेगा फिर उसके बाद कौन रुकेगा फिर सबसे बाद में कौन रुकेगा तो प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर बता दीजिए क्या होगा तो प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बराबर स्थानों पर रुकेंगे प्रश्न नंबर नौ तेल से अंतथा भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़कों पर आगे की ओर एक समान तुरंत से जा रहा है तेल का मुक्त पृष्ठ जिसके अंदर तेल है उसका पृष्ठ कैसा होगा क्षेत्र बना रहेगा या फिर क्षतिस से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होती है या फिर छत्तीस से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होती है या ऑप्शन डी है परवली वक्र का आकार लेगा जो उसके अंदर पेट्रोल भरा है वो तो प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परवली आकार का होगा प्रश्न नंबर दस निम्न कथनों पर विचार कीजिए एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन ऑप्शन ए है बाहरी पहियों पर उल्टेगा सी अंदर के पहियों पर उल्टेगा तीन है बाहर की तरफ फिसलेगा या फिर डी है अंदर की तरफ फिसलेगा तो इसमें बताना है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है तीव्र घुमाव है और तेज गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन किधर को पलटेगा या फिसलेगा ये बताना है तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक और तीन एक और तीन तो इस प्रश्न का जो प्रश्न नंबर 10 है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक और तीन बाहरी पहियों पर उल्टेगा बाहर की तरफ फिसलेगा प्रश्न नंबर 11 तुरंत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है ऑप्शन ए बराबर वी माइनस यू अपान या बी ए बराबर बी प्लस यू या ऑप्शन सी है ए बराबर बी प्लस यू अपान या फिर डी है डी बराबर बी प्लस यू अपान टू तो इसमें बताना है तरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है प्रश्न नंबर ग्यारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बराबर बी माइनस यू प्रश्न नंबर 12 न्यूटन का पहला गद का नियम संकल्पना देता है किस चीज की ऊर्जा की की, की की? सी संवेग या फिर डी तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर यदि आप लोगों ने ऑप्शन डी जड़ की तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन न्यूटन का तृतीय नियम पर बी न्यूटन का प्रथम नियम पर सी न्यूटन का तृतीय नियम पर या फिर डी और कम का सिद्धांत पर तो प्रश्न नंबर तेरह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम पर काम करता है रॉकेट प्रश्न नंबर चौदह पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है ऑप्शन ए जलत्व बी वेग सी प्रतिक्रिया या फिर डी सम्यक तो जब हम पत्थर पर ठोकर मारते हैं तो चोट क्यों लगती है किस कारण लगती है तो प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतिक्रिया नियम के अनुसार हमें चोट लगती है प्रश्न नंबर पंद्रह एक समान गति वाला पिंड ऑप्शन ए त्वरित नहीं होता है बी त्वरित हो सकता है सी हमेशा त्वरित होता रहता है या फिर डी एक समान बेग होता है तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी त्वरित हो सकता है प्रश्न नंबर 16 लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है ए जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो या बी जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो या सी जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो या फिर डी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो तो बताना यह है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब रहता है तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही होती है तब प्रश्न नंबर 17 गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है ऑप्शन एक गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है बी जड़त्व के संवेग को कम करता है सी यह इंजन को शक्ति देता है या फिर डी इंजन की गति को तेज करता है तो इसमें बताना है जो गति पालक चक्र होता है जिसे पहिया गहतने हैं मोटा मोटा वो क्यों लगाया जाता है तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ये गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है प्रश्न नंबर 18 किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच ऑप्शन ए फर्श पर गिर जाएगा बी अचल रहेगा सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या फिर डी स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा प्रश्न नंबर 19 दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है इसका कारण क्या है ऑप्शन ए है गुरुत्वीय बल बी है अभिकेंद्र बल सी है बल, या फिर डी है घर्षण तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है आप केंद्र बल तो यह बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 20 एक समान बेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा ऑप्शन ये है रुझ रेखा बीविरत सी परवल या डी इनमें से कोई नहीं सवाल ये है कि एक बैग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति ने प्लेटफार्म पर गेंद गिरा दी प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति खड़ा है वह उसने गेंद को देखा तो ये बताना है कि उसके और गेंद के बीच में कैसा पथ बनेगा तो रिज बनेगा व्रत बनेगा परवलय बनेगा या फिर कुछ नहीं बनेगा प्रश्न नंबर बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परवलय बनेगा प्रश्न नंबर इक्कीस एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षण मेज पर ख, पड़े एक ठोस ब्लॉक में धह जाती है इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है ऑप्शन ए संवेद और गति भी केवल जावल सम्य केवल गतिजा या फिर डी ना संवेग ना ही गति झुड़ जा तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल सम्यक प्रश्न नंबर 22 एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी आप सन ए उसके गिरने के तुरंत बाद भी है उसके आधी दूरी तक पहुँचने के बाद सी भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले या फिर डी भूमि पर पहुँचने के बाद तो बताना यही है कि मकान से जब भूमि पर एक पत्थर गिराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले प्रश्न नंबर 23 रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण बी आवेग का संरक्षण सी संवेग का संरक्षण या फिर डी ऊर्जा का संरक्षण तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया ऊर्जा का संरक्षण तो यह बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सम्यक का संरक्षण प्रश्न नंबर चौबीस निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने बी बराहमिहिर ने सी बुद्धगुप्त ने या फिर डी ब्रह्मगुप्त ने प्रश्न नंबर चौबीस का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त ने प्रश्न नंबर 25 गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन ने बी चार्ल्स चार्ल ने सी आईजेक न्यूटन ने या फिर जॉन एडम्स ने तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आईजेक न्यूटन ने प्रश्न नंबर 26 अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्यों क्योंकि गुरुत्व तो नहीं होता है या फिर बी वायुमंडल में श्यांता बल बहुत तीव्र होता है या फिर सी तो और वायु ऊपर की ओर बल लगाती है या फिर डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन तो ए गुरुत्व तो नहीं होता है प्रश्न नंबर सत्ताईस यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह सेब कहाँ गिरेगा पृथ्वी की ओर गिरेगा या कम गति से गतिमान होगा या फिर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति गत्त से गतिमान होगा या फिर ऑप्शन डी अधिक गति से गतिमान होगा तो प्रश्न नंबर सत्ताईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा प्रश्न नंबर अट्ठाईस लकड़ी लोहे और मोम के आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा सबसे पहले तो इसमें यही बताना है कि तीन अलग अलग एक लकड़ी का एक लोहे का और एक मोम का टुकड़ा गिराया जाता है समान ऊंचाई से तो बताना है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा या पहुंचेगा? ऑप्शन ए लकड़ी का बी मोम का सी लोहे का या फिर डी सभी साथ पहुंचेंगे। तो प्रश्न नंबर अट्ठाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी साथ पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर उनतीस हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदें समान ऊँचाई से गिराने पर क्या होगा ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी या फिर सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या फिर डी कुछ अंतराल में गिरेगी तो प्रश्न नंबर उन्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन जल्दी से आप लोग बता दीजिए ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी प्रश्न नंबर उन्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्न नंबर तीन जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है ऑप्शन ए फिर डी सभी गलत हैं। तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपरिवर्तित प्रश्न नंबर इकतीस दो गेंदें ए और बी क्रमशः दस और एक किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन कौन सा सही है तो ये बताना है तो देखिए ऑप्शन ए है भूमि पर ए पहले पहुंचेगी बी है भूमि पर बी पहले पहुंचेगी या फिर सी भूमि पर दोनों ए और बी साथ पहुंचेंगी या फिर उपरुक्त में से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर इकतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूमि पर दोनों ए और बी साथ में पहुँचेंगी प्रश्न नंबर बत्तीस किसी पिंड का भार ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है या फिर सी विश्वत रेखा पर अधिक होता है या फिर डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है तो प्रश्न नंबर बत्तीस का सही उत्तर होगा हो ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिक या ध्रुवों पर सर्वाधिक हो प्रश्न नंबर तैंतीस पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्यों क्योंकि ऑप्शन ए है वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है इसलिए या फिर बी वह बड़े तल क्षेत्रफल की आच्छादित करती है इसलिए या फिर सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थित में रहता है या फिर डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्धर लाइन तल के अंदर रहती है तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली उर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर से रहती है इसलिए पिसा की मीनार नहीं गिरती है 30 यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच सूर्य प्रश्न नंबर 34 यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता कैसा होता आप सुनिए अब जितना है उसका दो गुना या फिर अब जितना है उसका चार गुना या फिर अब जितना है उसका चौथा भाग या फिर अब जितना है उसका आधा भाग मतलब कहने का ये है कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो दोगुनी होती तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता तो प्रश्न नंबर चौंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा भाग प्रश्न नंबर पैंतीस कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में एक बटा छः है कारण क्या है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो, है, है तो बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं कथन कारण कथन का सही स्पष्ट भी है कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कथन कारण जो है कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है या फिर कथन सही है कारण गलत है या फिर ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है तो प्रश्न नंबर पैंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कथन सही है किंतु कारण कारण गलत है। कारण गलत है है प्रश्न नंबर छत्तीस मानव शरीर का भार होता है ऑप्शन आपसे ध्रुवों पर अधिकतम भी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान श्री बिस्वोत रेखा पर अधिकतम या फिर डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है मानों का भार तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा आप सन ध्रुवों पर अधिकतम होता है मानों का भार। प्रश्न नंबर 37 यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा आप सन वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रविमान वही रहेगा ऑप्शन बी है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा या फिर ऑप्शन सी है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे या फिर डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो बताना यही है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो प्रश्न नंबर सैतीस का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा प्रश्न नंबर अड़तीस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन ए है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है बी है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है सी है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है या फिर डी है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है तो बताना यह है कि जो कृत्रिम उभरा है वो नीचे क्यों नहीं गिरता है प्रश्न नंबर अड़तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है प्रश्न नंबर उन्तालीस अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है वह ऐसा निम्न में किस कारण से करता है ऑप्शन ए आप, आप केंद्रीय बल के कारण बी केंद्राभिमुखी केंद्रा बल के कारण सी है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी के कारण या फिर डी में कोई अन्य बल कार्य करता है तो प्रश्न नंबर उन्तालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल के कारण उपग्रह अपने पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है प्रश्न नंबर 40 प्रकृति के ज्ञात बलों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व विद्युत चुंबकत्व दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ऑप्शन ये गुरुत्व तो चारों और प्रबल है गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है बी विद्युत चुमकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर ही क्रिया करता है सी है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन विघटनाभिकता का कारण है या फिर डी है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है तो प्रश्न नंबर चालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है प्रश्न नंबर इकतालीस लोलक की कालावधि ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है सी समय के ऊपर निर्भर करती है या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि तो प्रश्न नंबर इकतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि प्रश्न नंबर बयालीस लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों आप सुनिए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं बी कुंडली में घर्षण होता है तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या फिर डी लोलक के बाहर में परिवर्तन हो जाता है तो बताना यही है कि गर्मियों में घड़ियां सुस्त क्यों हो जाती हैं इसका क्या कारण है तो प्रश्न नंबर बयालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है प्रश्न नंबर तैंतालीस एक लकड़ी के झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल जुल रही है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल जुल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल ऑप्शन ए कम हो जाएगा बी अधिक हो जाएगा सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर डी अपरिवर्तित रहेगा तो प्रश्न नंबर तैंतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में ऑप्शन ए जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तोरण शून्य हो जाता है दो है हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वैक्सी को प्राप्त करता है या फिर इसी दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थित पर पहुँचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं या फिर डी है सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है तो इसमें बताना है कौन से कथन सत्य है या कथ कथन सत्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए अब क्या होगा तो प्रश्न नंबर चवालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक दो और चार कथन तीन गलत है बाकी चारों सही है बाकी जो तीन बच्चे हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर 45, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ऑप्शन ए ग्रीशम ऋतु में बी शीत ऋतु में सी बसंत ऋतु में या फिर डी वर्षा ऋतु में तो प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शीत ऋतु में प्रश्न नंबर 46 पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? B, है ऑप्शन ऑप्शन ए 15 किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर प्रति प्रति प्रति प्रति सेकंड, सेकंड, सेकंड सेकंड। बी सी 7.0 या फिर डी 11.2 तो प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 47 अगर किसी वस्तु को आठ किलोमीटर बेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा ऑप्शन ए वह अंतरिक्ष में चली जाएगी बी वह वा वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी सी वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी या वह फट जाएगी तो प्रश्न नंबर सैतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वह वा वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगी प्रश्न नंबर अड़तालीस चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है सी यह पृथ्वी की परिक्रिया, परिक्रमा करता है या फिर डी इस पर गैस अणुओं का पलायन बेग उसके वर्ग माध्यमूल बेग से कम होता है तो प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन बेग उसके वर्ग माध्यमूल के बेग से कम होता है प्रश्न नंबर उनचास बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन ए सियांता पर बी बैल का नियम पर सी गुरुत्वीय बल पर या फिर डी पृष्ठी तनाव पर तो प्रश्न नंबर उनचास का सही होगा उत्तर ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल प्रश्न नंबर पचास किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बी द्रव्यमान सी ए और बी दोनों या फिर डी के सिद्धांत पर तो प्रश्न नंबर का सही इक्यावन जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावैली पथ में जाने वाले विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होगा ऑप्शन ए पहले क्षेत्र फिर परावैलिक पथ के साथ साथ या फिर भी उर्दोधर की नीचे की ओर या सी मूल परावैलिक पथ के साथ साथ या फिर डी पहले उर्दोधर ऊपर की ओर फिर उर्धर नीचे की ओर तो जल्दी इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर इक्यावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मूल परावैलिक पथ के साथ साथ प्रश्न नंबर बावन तुल्य तो उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है ऑप्शन ए तीन सौ तो पैंसठ दिन बी तीस दिन सी चौबीस घंटे या फिर डी निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं तो प्रश्न नंबर बावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चौबीस घंटे प्रश्न नंबर तिरपन किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर बी 42,000 किलोमीटर सी 30,000 किलोमीटर या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर तिरपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर की दूरी होती है पृथ्वी से तुल्यकालिक उपग्रह की प्रश्न नंबर चौवन पैरासूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे आता है क्यों तो ऑप्शन एक है पत्थर पैरासूट से भारी है बी है पैरासूट के प्रशनाव का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है सी पैरासूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है या फिर डी उपरयुक्त में से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर चौवन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पैरासूट के प्रश्न का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है इसलिए पैरासूट नीचे धीरे-धीरे है जबकि पत्थर तेजी से नीचे गिरता है प्रश्न नंबर 55 गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार आपने अधिकतम होता है बी न्यूनतम होता है सी परिवर्ती होता है या फिर डी शून्य होता है तो प्रश्न नंबर पचपन का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन ए तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शून्य होता है प्रश्न नंबर छप्पन पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या अंतर होगा ऑप्शन ए उतनी ही रहेगी बी घटेगी शून्य हो जाएगी या फिर डी बढ़ेगी तो प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन डी तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 57 वायुमंडली हवा पृथ्वी पर रखी जाती है आप सुने गुरुत्व द्वारा बी पवनों द्वारा सी बादलों द्वारा या फिर डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा बताना ये है कि वायुमंडली हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके द्वारा तो प्रश्न नंबर सत्तावन इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था अब वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो परेशानी हो जाएगी आपको अब आपको ये बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबाएँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद